साथियों नमस्कार मैं आप सभी वृषभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अप्रैल माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में जी हां वृषभ राशि के जो है दर्शकों जो आपने गोल सेट किए हैं क्या कि अप्रैल माह में आप उन्हें अचीव कर पाएंगे मार्च का जो महीना था उसके बाद अप्रैल महीने में आपके साथ और क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ अप्रैल माह को और किस तरीके से आप प्रभावी बना सकते हैं आपके हर विषय को छूते हुए अंत में हम उपाय की ओर चलेंगे फिर चाहे वो आपका जो है स्वास्थ्य हो फिर चाहे वो आपकी एजुकेशन हो फिर चाहे वो आपकी जो है क्या कहते हैं मनी हो फिर चाहे वो आपका करियर हो फिर चाहे वो आपका प्रेम संबंधी क्यों ना हो इन सभी विषयों पर आज हम अक्षर सा आप प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ ओवरऑल जो है यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों का महीना कैसा रहेगा तो स्टार्टिंग में ये बताएंगे तो अंत तक दर्शकों देखिएगा नए हैं इस चैनल को दर्शकों आप लोग सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ यदि फोन नहीं उठता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं तमाम दर्शकों के प्रश्न है कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है तो वृषभ राशि के जात को आपके ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है तो आपको यदि वास्तविक रूप से आपको राशि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस इसको ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि हम आपको आपकी वास्तविक राशि से अवगत कराएं एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों को देखिए वृषभ राशि जो होती है ये करोड़ों लोगों की होती है तो ये राशिफल आपके ऊपर 100% सटीक बैठे ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर हम दामा नहीं करते हैं कारण इसका दर्शकों ये है क्योंकि जब आपका जहाँ जन्म हुआ होगा वो एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ होगा जन्म का समय कुछ और रहा होगा जन्म का स्थान कुछ और रहा होगा तो उसके आधार पर एक बर्थ चार्ट बनता है वो आपका पर्सनल ही बनता है तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना पड़ेगा वैसे तो ये वृषभ राशि आप लोग इसको देखिएगा और कुछ चीज़ें आपके साथ घटित होंगी निश्चित ही घटित होंगी लेकिन अगर आपको 100 परसेंट सच्चाई जाननी है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं तो एक बार आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए तो दर्शकों बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों के अप्रैल माह के लिए तो ओवरऑल कैसा ये माह रहेगा इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं उसके बाद विस्तार से चलते हैं तो वृषभ राशि के जातकों यदि अप्रैल महीने की बात की जाए तो अप्रैल माह के दौरान वृषभ राशि वालों के करियर पर यदि नजर डाली जाए तो जॉब के लिए चुकी शनि की नवम भाव में उपस्थिति ये आपके मनचाहे ट्रांसफर का योग भी बना रही है और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जुपिटर को यहाँ पर नीचभंग राजयोग भी जो है देखिए बना रहा है दर्शकों साथ ही साथ व्यापारियों के लिए या महीना उनके बिजनेस को फर्श से अर्थ पर ले जा सकता है वहीं विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस माह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी अनुकूल रहेगा और आपके परिवार में धीरे धीरे जो भी सद्भावना है ये बढ़ेगी यदि किसी के बीच मनमुटाव चला आ रहा था तो ये मनमुटाव खत्म होगा लव लाइफ की यदि बात की जाए तो आपके संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति नज़र आएगी आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा स्वास्थ्य काफी हद तक की आपके अनुकूल रहने वाला है हेल्थ आपका अच्छा साथ देगा और आप अच्छे स्वास्थ्य का भरपूर आनंद उठाएंगे दर्शकों देखिये ये ओवरऑल था अब हम प्रॉपर जो है बढ़ते हैं कि वृषभ राशि के जातकों का कैरियर एवं व्यवसाय कैसा रहेगा अप्रैल माह में तो करियर एवं व्यवसाय की दृष्टि से अप्रैल का जो पहला सप्ताह रहेगा प्रथम सप्ताह रहेगा तो इसमें जो वृषभ राशि के जातक एवं जातिकाएँ हैं अपने कैरियर के मद्देनजर अधिक सफल रहेंगे चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो और व्यवसाय की यदि बात की जाए या फिर नौकरी की बात की जाए तो यह महीना पहले सा, जो है सप्ताह में सकारात्मक जो है सकारात्मकता लेकर के आया है ग्रह गोचर चाल का आपको भरपूर लाभ मिलेगा माह के दूसरे सप्ताह में आपकी प्रगति थोड़ी सी कमजोर रह सकती है घबराने की कोई बात नहीं है किंतु तीसरे व अंतिम सप्ताह से आपको नौकरी में और बिजनेस में पुनः फायदे होंगे क्योंकि आपका दिमाग बड़ी तेजी से क्रियाशील रहेगा चलेगा इस माह में आप किसी नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं कई नई जगह आप लोग निवेश कर सकते हैं तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा करियर के और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा ये माँ तो देखिए प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में आप अपने निजी संबंधों को अपने अंतर्मन से पुख्ता करने तथा साथी की भावनाओं का आदर करने में लगे रहेंगे जिससे संबंधों में मधुरता की जो बयार रहेगी ये बहती रहेगी हालांकि माँ के दूसरे सप्ताह में ग्रही भ्रमण विपरीत स्थिति में रहेगा जिससे आपको इस दौरान संबंधों की नाजुकता को समझते हुए चलने की जरूरत रहेगी इस माह का जो तीसरा और अंतिम सप्ताह रहेगा इसमें आपके अच्छे संबंध बनेंगे किसी नए प्रेम का प्रादुर्भाव आपके जीवन में हो सकता है और विवाह योग्य व्यक्तियों का विवाह के बंधन में बंधने का भी योग दिखाई पड़ रहा है अब पढ़ते हैं जो वृषभ राशि के जातक रहेंगे इनकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी कितना पैसा आप लोग कमाएंगे तो वृषभ राशि के जातकों अप्रैल के पहले सप्ताह में वृषभ राशि के जातक एवं जातिका किसी बड़े लाभ को अर्जित करने के लिए आर्थिक योजना को लाने के लिए अग्रसर रहेंगे अर्थ लाभ इस दौरान आपको बहुत अच्छा होगा साथ ही साथ इस माह के जो दूसरा सप्ताह रहेगा उसमें यद्यपि आपके खर्चे देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों के यहाँ पर कंट्रोल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं इस दरमियान आपको कहीं से कुछ उधार की भी ज़रूरत पड़ सकती है कोई लोन इत्यादि के लिए यदि आपने पेपर बैंक में सबमिट किए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके लोन का अप्रूवल हो सकता है किंतु माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में आपकी आमदनी अच्छी रहेगी यदि आप किसी को पूर्व में धन दिए हैं तो आपका देखिए पैसा फंसेगा नहीं आपको वापस मिल जाएगा साथ ही साथ कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार का भी सृजन हो सकता है वही वृषभ राशि के जो जातक या जातिकाएं हैं इनके एजुकेशन की बात करें कि इनके ज्ञान का लेवल क्या रहेगा तो शिक्षा की ओर चलते हैं तो माह के पहले सप्ताह में वृषभ राशि के जातक अपने संबंधित विषयों में अपनी सूझबूझ को और बढ़ाने में सक्षम होंगे परिणामता वृषभ राशि के जात को आप लोग अपनी सफलता के उच्च सोपानों में अग्रसर रहेंगे किंतु माह के दूसरे सप्ताह में वृषभ राशि के जात को आपके अंदर कुछ आलस्य व इधर उधर की बातों के चलते पढ़ने में मन नहीं लगेगा ध्यान नहीं दे पाएंगे हालांकि माह का जो तीसरा और अंतिम सप्ताह रहेगा इसमें आप लोग अच्छी शैक्षिक प्रगति को प्राप्त करने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए आपने यदि किसी इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें आपका दाखिला हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए यदि आप लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के भी योग इस माह बन रहे हैं साथ ही साथ इस माह कॉम्पिटेटिव जो छात्र तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड या स्टेशनरी से संबंधित काम इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए भी यदि हम जो है शैक्षणिक स्थिति की बात करें उनके ज्ञानार्जन की बात करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम देंगे आप लोग जाकर के उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं चलते हैं हमारे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य हेल्थ कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों का तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो पहले सप्ताह में वृषभ राशि के जातकों के शारीरिक ऊर्जा का अच्छा प्रवाह बना हुआ रहेगा जिससे आप आत्मविश्वास से बहुत अधिक लबरेज रहेंगे भरे हुए रहेंगे इस माह के दूसरे व तीसरे सप्ताह में सेहत के शुभ परिणामों को प्राप्त करेंगे ऐसा ग्रही गोचर देखिए बता रहा है लेकिन माह का अंतिम सप्ताह इसमें देखिए कोई दुर्घटना हो सकती है मौसम संबंधी कोई बीमारी हो सकती है आपको जो है क्या कहते हैं कफ जुखाम जकड़ा इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है तो सेहत में कुछ आप लोगों को जो है प्रतिकूल असर यहाँ पर प्राप्त होगा हाँ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि वाहन सावधानी पूर्वक आप लोग चलाइएगा अन्यथा आपसे किसी की दुर्घटना हो सकती है साथ ही साथ मन में कुछ डिप्रेशन में आप लोग रहेंगे मन में कुछ आपको टेंशन रहेगी उन टेंशन के कारण को यदि आप अपने जीवन साथी के साथ अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिल का बोझ कुछ कम होगा कुछ हल्का होगा तो दर्शकों यहाँ पर बताना चाहेंगे सेहत के लिहाज से जो अंतिम सप्ताह सप्ताह का जो जो माह का जो अंतिम सप्ताह रहेगा यह आपके अनुकूल नहीं रहेगा तो थोड़ा सा यहां पर जो है आप लोग व्यायाम हो गया प्राणायाम हो गया ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा तो वृक्ष राशि के जातकों इस माह को अनुकूल बनाने के लिए जो उपयोगी उपाय है क्या हो सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अपने हेल्थ का आप ध्यान तो प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र की आपको जपनी ही जपनी है हर सोमवार को आपको दूध में कच्चे दूध में गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा आपको काला तिल मिला लेना है और भगवान भोलेनाथ पर ओम जूम सा इस मंत्र से आपको अभिषेक करना रहेगा वृषभ राशि के दाश जो है दर्शकों एक बात और बता दें कि इस माह शुक्रवार वाले दिन क्योंकि शुक्रवार जो होता है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहता है तो शुक्रवार के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मिश्री का और जो है क्या कहते हैं दही का इसका धर्म स्थान पर आप लोग दान करिए शनिवार के दिन तिल का तेल का आपको दान करना रहेगा वा प्रतिदिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना रहेगा हो सके तो संडे वाले दिन आप लोग नमक को अवॉइड करिए राधा कृष्ण की उपासना करिएगा और मां सरस्वती को पीले चावल बना करके आप लोग भोग लगाइएगा आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा साथ ही साथ जब भी प्रातःकाल उठते हैं दर्शकों तो दोनों हथेलियों के दर्शन करना है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम देखिए कर के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है कर के मध्य भाग में सरस्वती माँ का वास होता है तथा जो मूल होता है करमूले तो गोविंदा गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का वास होता है तो इन तीनों लोगों का यदि आप ध्यान कर लेंगे लक्ष्मी जी का ध्यान कर लेंगे पैसा आएगा सरस्वती जी का ध्यान करेंगे ज्ञान आएगा बुद्धि बढ़ेगी साथ ही साथ गोविंद का यदि आप ध्यान कर लेंगे तो पालनहार आप हो जाएंगे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करेंगे चीज़ों को समझिए दर्शकों बहुत ही सिंपल चीज़ में जो है साधारण भाषा में हम आपको समझा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप करिएगा साथ ही साथ डिप्रेशन में यदि आप डिप्रेशन में तो रहेंगे ही रहेंगे तो कोशिश कीजिएगा चांदी के पात्र में जल का सेवन जो है आप ग्रहण करिएगा और भ्रामरी प्राणायाम चार से पांच बार रात में सोने से पहले आपको जरूर करना रहेगा तो वृषभ राशि के जातकों अप्रैल माह का ये राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए प्रत्येक रविवार हमारा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों के सम्मुख रात्रि 10 से 11 बजे तक लाइव आएँ तो हमारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचेगी। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राधे